मंदिर का सजाऊं पूजा पाठ भी भी कराऊं ढोल डीजे बजवाऊं जयंती सतगुर की मनाऊं ढोल डीजे भी बजवाऊं जयंती सतगुर की मनाऊं गुर के चरणों में माथा टेक माड़ा डालूंगी शोभा यात्रा में गुरु की वाणी का होवे आज खड़का म्यूजिक सत्य का बाजे देखेगी दुनिया सारी मंदिर गुरु रविदास साजे माथे चंदन गढ़े में मैं त्योहार डालूंगी सो भाई की बैठा के तुम्बा जोड़ा भी बजाना दोनों हाथों को उठा के जय तारे गुर के लाणा गुर का सत्य में सुन के जीवन सफल बना लूंगी शोभा यात्रा में गुर की वाणी जन्म के फेरे निर्बंधन से सतगुरु मेरे सतीश ज्योति कलमिया अब लिखे से गीत प्यारे अगला गाना मैं तो शोभा यात्रा में गुर की वाणी गाती चलूंगी गुरु रविदास जी के नए व पुराने भजन सुनने के लिए YouTube पर सरगम भक्ति म्यूजिक सच करें